आजा आजा इधर आजा चलो इधर चलो इधर चलो इसको भेजो इधर आजा चलो चलो चलो ये लगभग हम लोग जो है जैसे ही बारिश रुकी हम लोग वहां पे गए और हमारी फैमिली के कुछ छः सात मेंबर्स थे और जैसे हम वहां पे गए आफ्टर अबाउट फाइव टू टेन मिनट्स दैट थिंग यू नो स्टार्टेड और ये काफ़ी वी वर जस्ट अट ऑफ हमें ये पता लग गया कि ये कुछ होने वाला है और hmm. जैसे ही वो एकदम दस मिनट के अंदर अंदर एकदम उनसे पानी आ गया उसका फ्लो इतना तेज़ था कि ऐसे लगा कि पाँच सात मिनट में, में सारा तयच नैच हो जाएगा और हमारे लिए ऐसा लगा कि हम लोग सब लोग बहुत बहुत घबरा गए हमने क्या करना था हमने जब घबरा गए तो हमारे पास और कोई तो रास्ता नहीं मिला हम लोग वहाँ से भाग गए फिर हम तो चले गए ये जो वो जो ट्रिपल ट्रेन होती है ट्रिम्पल ट्रेल की तरफ चले गए और ट्रिम्पल ट्रेन वाले जो थे उन्होंने हमसे कहा कि भाई अब यहाँ भी पानी आ रहा है उन्होंने हमें एक वो साथ में एक और प्लेस था जहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया और आपकी मदद किस किसने करी हमारी मदद कुछ दिन कई लोग थे जो दुकानदार थे उन बेचारों ने काफी मदद करी है और हमें किसी के तरफ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद हमको नहीं मिली कोई पुलिसकर्मी कोई कुछ नहीं आया कोई पुलिसकर्मी वहाँ पे नहीं आया और ये हम लोगों ने अपनी खुद ही लोगों ने मदद करके एक दूसरे की ये सारा किस्सा सॉल्व किया फिर अल्ड फाइनली जो है वो हम जो जब वो टिम्पर ट्रेल स्टार्ट हो उन्होंने बेचारों ने थोड़ी बहुत हमारी जरूर मदद करी है बिकॉज दे है टॉप ये कम से कम तो हम लोग दो घंटे हमको लगे, मेरे ख्याल से तो ढाई घंटे तक हम वहीं रहे